हाँ मैं आपके सामने फिर से आया जी रू नई इन्फॉर्मेशन लेकर नई नोटिफिकेशन लेकर नई जॉब की डिटेल लेकर तो आज हम इस शुरू में बात करेंगे दोस्तों आई सी के अंदर आ, असिस्टेंट रिक्वायरमेंट की असिस्टेंट की वैकेंसी है रिक्वायरमेंट है वैकन्सीज है जो कि नोटिफिकेशन है जो कि अभी अभी है वो रिलीज़ कर दिए गए नोटिफिकेशन वैकेंसी है तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहते हैं तो चलते हमारे वीडियो की तरफ वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग होने वाला आप सभी के लिए और वैकेंसी है और दोस्तों बहुत टाइम से ये वैकेंसी जो है पेंडिंग में थी जो आज जा ये वैकेंसी है रिलीज़ कर दिया गया है नोटिफिकेशन इसका ठीक है दोस्तों वो हम देख लेते हैं आई ए की रिक्वायरमेंट है दोस्तों दो की चार सौ बासठ फोर यहाँ पर रहने वाली हैं ठीक है दोस्तों तो पूरी इन्फॉर्मेशन आज हम इसी शिव में देखने वाले हैं तो आई ए आर आई इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज रिलीज लेटेस्ट नोटिफिकेशन ठीक है लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दिया गया है और असिस्टेंट की वैकेंसी है यहाँ पर और सात मई से फोन जो है एक्टिव कर दिए गए ठीक है दोस्तों आगे देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहने वाली है आई आई ए आर आई असटेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो पोस्ट का नेम है असिस्टेंट की है एडवर्टीजमेंट नंबर देख लेते हैं इसका दो एक बीस बाईस दी सेट सेल एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेट डिपार्टमेंट की दोस्तों ये वैकेंसीज हैं यहाँ पर रहने वाली है, जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हम देख लेते हैं चार सौ बासठ फोर सिक्सटी पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं ठीक है दोस्तों और सैलरी बेस्ट के लिए हम देख लेते हैं 44,900 पे नौ यहाँ पर आपकी सैलरी जो है यहाँ पर लगने वाली है अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन अगर होता है और प्लस आपके अलाउंसेज भी यहाँ पर रहेंगे ठीक है तो दोस्तों जो भी लोकेशन देख लेते हैं ऑल ओवर द इंडिया आ, से आप हाँ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की एक जून एक जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मोड ऑफ अप्लाई यहाँ पर देख लेते हैं ऑनलाइन रहने वाला है कम्प्लीट प्रोसेस यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा ठीक है दोस्तों तो कैटेगरी का देख लेते हैं सेंटर गवर्नमेंट की जॉबा है दोस्तों ये और ऑफिशियल वेबसाइट है आई डॉट आर डॉट इन तो इस वेबसाइट पे जाके भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आगे देख लेते हैं ऐड हटा देता हूं मैं एक बार पहले और एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं अनडिज़र्व्ड के लिए यहाँ पर ओ बी सी के लिए यहाँ पर एक हज़ार फीस रहने वाली है ठीक है जो कि बहुत ज़्यादा है हमें लगती है और आ, आपको क्या लगता है हमें कमेंट भी ज़रूर बताएँ और एस सी एस टी एस एम डी पी डब्ल्यू डी फीमेल कैंडिडेट के लिए तीन सौ फीस यहाँ पर रहने वाली है ठीक है दोस्तों पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा कंप्लीट प्रोसेस आपका यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों ये वसिज है यहाँ या और यहाँ पर आपको फीस केल भी यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा ठीक है अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट देख लेते हैं सात मई से फॉर्म जो है एक्टिव कर दिए गए हैं और लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की एक जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम की डेट जो है आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा यहां पर अभी टेंटिव डेट है जो कि नहीं मैंशन की गई है ठीक है और आगे देख लेते हैं एज की बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी एज तक कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बीस से तीस साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए ठीक है दोस्तों और 30 साल से अगर आप ओवर एज हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और ठीक है दोस्तों पोस्ट का नेम है असिस्टेंट है एच एच क्यू आर एस वैकेंसीज़ यहाँ पर इकहत्तर रहने वाली 71 वन के लिए 44 फोर के लिए 16 ई के लिए तीन और एस के लिए सात एस के लिए एक पी के लिए थ्री और क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएशन यहाँ पर मांग गई है आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन अगर किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट इंस्टीट्यूट की जो जल्दी है यहाँ पर तीन सौ पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं और अनरिजर्व के लिए 235 और ओबीसी के लिए 79 ईडब्ल्यूएस के लिए तेईस एससी के लिए इकतालीस एसटी के लिए 13 पी डब्ल्यू के लिए 5 और ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है दोस्तों मिनिमम आप ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है आप सभी के लिए और रिटर्न एग्जाम एग्ज़ाम सबसे पहले आपका होगा उसके बाद आपका डिग्री होगा दैन आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी जो फाइनल वेकेंसी है रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है दोस्तों आगे देख लेते हैं ये आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया रिटर्न प्रोसेस के थ्रू आप चलेंगे अप्लाई करने के लिए आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म को अप्लाई करें अपने सभी डिटेल आप देख लें उसके बाद अपला एलिजिबिलिटी फॉर्म के अकॉर्डिंग वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करें और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड सभी डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशन और फॉर्म सबमिट करें और उसके बाद जो फॉर्म है आपका अप्लाई हो जाएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको नोटिफाई यहाँ पर कर दिया जाएगा ठीक है दोस्तों तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो कि आप अभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी थी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ